किसी ने पूछा कि वो तो हर लड़की को देखकर मुस्कुराता है तुम्हें जलन नहीं होती जवाब पता क्या आया कि उसकी मुस्कान चाहे पब्लिक लिमिटेड है लेकिन आंसू प्राइवेट लिमिटेड है खुशियां चाहे दुनिया के लिए गम सिर्फ मेरे साथ बांटता है